यहां भी एक चीज और आती है कि पेबर टेबल में जैसे देखिए टोटल है जीएसटी है आई है, ऐसे न्यू कॉलम्स हैं कभी कभी-कभी इस तरह की कंफ्यूजन होती है क्योंकि हमारे डेटा में ऐसे फील्ड होते नहीं हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं कैलकुलेटेड फील्ड कहलाते हैं तो यहाँ तो कैसे पता लगे कि क्या क्या कैलकुलेशन हुआ है तो इसके लिए सबसे आसान है कि आप जाए पेबर टेबल फील्ड में यही आपको दिखेगा लिस्ट फॉर्मूला जैसे लिस्ट फार्मूला पे क्लिक करेंगे एक नई सीट में आपको किसके अंदर में क्या क्या कैलकुलेशन है किस तरह की कैलकुलेशन है वो सारी कैलकुलेशन का लिस्ट आ जाएगा जिससे आप आइडिया लगाओगे कि हाँ आखिर क्या कैलकुलेशन किया गया है इसमें